हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में ए क्रिएशन डॉट सेवेंटी फाइव आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिससे आप अपने घर बैठे पैसा कमा सकते हैं बिल्कुल फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक भी पैसा अपना बिना खर्च किए बिल्कुल फ्री में ऊपर से पैसे कमा सकते हैं सीधा अपने घर बैठे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा ऐप जिसमें आप सिर्फ जाएं और लॉगिन करके बाहर चले ऐप आप के आपको कुछ नहीं करना बस डेली लॉगिन करना उससे आपको पैसे अर्निंग होगी अगर जो आपको यह पता हो कि सिर्फ ऐप में लॉगिन करने से पैसे मिले तो कौन भला उसका फायदा नहीं उठाना चाहेगा चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज हम बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के बारे में बताते हैं आपको और एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से दोस्तों मैं ना लाइक like के लिए बोलूँगा ना सब्सक्राइब के लिए बोलूँगा सभी दूसरे चैनल्स की तरह मैं सिर्फ आपसे एक बात कहूँगा यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक like करें ना पसंद आती तो डिसलाइक करें मगर वोट जरूर दें प्लीज़ दोस्तों और सीधे चलते हैं आइए आए आपको हम दिखाते हैं मैंने अपने फ़ोन में पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस ऐप का नाम है मनी चलो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक आपको येलो कलर का दिख रहा होगा मनी चलो इसको मैंने सीधे ओपन किया देखिए अभी पहला इंटरफेस ओपन हो रहा है पेज का और देखिए इसमें आपको करना क्या है मैं आपको स्टार्टिंग से स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ ये आपको कई सारे इसके अंदर एप्लीकेशन मिलने हैं जिनको आपको इंस्टॉल करना है और साइड में उसके मनी भी अर्निंग दी है अगर जो आपको यूज उसको यूज़ करते हैं इंस्टॉल करके तो आपको उतने कोइंस मिलेंगे पैसे नहीं कॉइन्स जो कॉइंस हैं एक कॉइन होता है एक के बराबर और देखिए दोस्तों यहाँ पर कई सारी एप्लीकेशन जैसे आपको पसंद आप पढ़ने वाले बच्चे हैं कोई स्टूडेंट हैं या किसी चीज़ की तैयारी करें उसके हिसाब से भी एप्स हैं बायजूस है एन अकेडमी वगैरह सारे एप्स हैं आप गेमिंग करना चाहते हैं गेमिंग्स के लिए भी ऐप्स हैं शूटर ऐप है और काफ़ी सारे ऐप एप हैं एप्लीकेशन है, है। चलिए एप आपको मैं दिखाता हूँ अब इसमें आपको करना क्या है आपको जो ऐप पसंद हो इनमें से आप किसी एक ऐप को ले सकते दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐप हैं आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैं अब इनमें से एनअकेडमी को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मैंने जैसे ही गेट मनी पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जैसे देखिए गेट मनी एट्टी थाउजेंड कोइंस मुझको मिलेंगे ठीक है उसको इसको डाउनलोड करने पे मतलब मिलेंगे अभी देखिए मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ आप दो मिनट वेट कीजिए तब तक, तक मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ मैं वीडियो को पॉज कर किए दे रहा हूँ जस्ट फॉर टू सेकेंड्स हेलो दोस्तों देखिए मैंने अभी अपना ऐप डाउनलोड कर लिया है और मैंने उसमें साइनअप भी कर लिया है अब आपको दिखाता हूँ इससे क्या होने वाला इसमें देखिए मैंने पूरा साइनअप कर लिया है केवल इसमें मेरा फ़ोन नंबर मांग रहा था और बाकी मा... मेरी डिटेल्स मांग रहा है ठीक है वो मैं बाद में करूँगा अब अपने पुराने ऐप में चल के देखते हैं उसमें क्या मुझे क्रेडिट हुआ है देखिए गेट मरी पर तो मैंने क्लिक कर दिया था वापस चलते हैं एक बार फिर से क्लिक हो गया अब सबसे ऊपर चलते हैं देखते हैं क्या मिला है देखिए देखिए यहाँ पे मुझे रिसीव हुआ है पहले तीन हजार रिसीव हुआ है थर्टी थाउजेंड और उसके बाद में फिफ्टी थाउजेंड रिसीव हुआ है मैं इनको दोनों को रिसीव कर लेता था अन अकेडमी से मिला है देखिये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है गेट रुपी एट बायमी देखिए मैंने रिसीव किया देखिये अब मेरा टोटल बैलेंस देखिये ट्वेंटी हो गया है अब आप इसको यहाँ से विद्रॉ भी कर सकते हैं यहाँ से देखिए ये देखिये अमाउंट जैसा भी आप चाहें ये देखिये यहाँ पे विड्रॉ का आएगा ऑप्शन देखिए आपकी सारी डिटेल्स मांग रहा है आप यहाँ पे बैंक का फोन नंबर एड्रेस ईमेल एड्रेस जो कुछ है जो कुछ भी है अतर इसमें फिल करके फिर उसके बाद में अपना जो है विदड्रॉ कर सकते हैं तो ये था मेरा आज का ऐप और दोस्तों एक बात और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें नापसंद आए तो डिसलाइक करें मगर वोट जरूर दें आपका क्या इस वीडियो के बारे में राय है यह जरूर बता के जाए थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपको हमारे चैनल से ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें